हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग आज मैं आपके सामने फिर से आज हूँ नई इन्फॉर्मेशन लेकर नई नोटिफिकेशन लेकर नए जॉब की डिटेल लेकर तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों एच की तरफ से बहुत एक इन्फॉर्मेशन है अपडेट है जो कि आप सभी तक शेयर करनी बहुत ज़रूरी है तो नोटिस देख लेते हैं एक बार क्या आया है तो कैंडिडेट रिगार्डिंग पोस्ट ऑफ क्लर्क अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर पाँच स्लैश तो पाँच स्लैश का यहाँ पर अपडेट है ये दोस्तों तो बड़ी अपडेट है यहाँ पर वेरिस डिपार्टमेंट के यहाँ पर वैकेंसीज हैं निकल के आ रही हैं आप सभी के लिए इन कंटिन्यूएशन ऑफ पब्लिक नोटिस डेटेड 31 मई दो हज़ार बाईस ऑफ क्लर्क अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर पाँच स्लैश बीस उन्नीस तो क्लर्क के अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर पाँच बीस स्लैश उन्नीस का जो एग्ज़ाम था उसके अगेंस्ट भी यहाँ पर नोटिफिकेशन है जो कि रिलीज किया गया है यहाँ पर कैटेगरी नंबर एक है दोस्तों तो इट इज़ इंफॉर्म टू ऑल कैंडिडेट दैट डेट ऑफ फिलिंग डिपार्टमेंट प्रेफरेंस हैज़ बीन एक्सटेंटेड तो आपकी जो प्रेफरेंस है यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर आपको डेट एक्सटेंड कर दी गई है 8 जून तक आप जो अपनी प्रेफरेंस है वो डाल सकते हैं कि आपको यहाँ पर कौन सी डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर चूज़ करना है ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हु हैव नॉट फिल द डिपार्टमेंट प्रेफरेंस कैन नाउ फिल देयर प्रेफरेंस ऑनलाइन ऑनलाइन यूजिंग देयर लॉगिन आई डी और पासवर्ड तो लॉगिन आई डी पासवर्ड के जरिए आप अपना प्रेफरेंस जो है सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इसके अंदर देर ना करें सभी कैंडिडेट ज़रूर अपना प्रेफ्रेंस फिल कर दें जिन कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है तो सबसे पहला नोट वन देख लेते हैं कैंडिडेट आर एडवाइज रिमेन कोश वाइल फिलिंग देयर डिपार्टमेंट प्रेफरेंस एज नो फर्दर तो सिंपली यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपको कोई भी दूसरा अलग चांस यहाँ पर नहीं दिया जाएगा तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो आप यहाँ पर अपना प्रेफरेंस जरूर डाल दें और प्रेफरेंस फील्ड अर्लियर देन फाइनल रिजल्ट सेट पोस्ट तीन नौ तक यानी कि यहाँ पर तीन नौ विल नॉट बी कंसिडर एंड देयर होली डेट के अकॉर्डिंग आप अपना मैंशन जरूर कर दें इसके अंदर कैंडिडेट शेल नॉट देयर देयर लॉग इन एंड पासवर्ड With एनी candidate shall him or himself responsible any misuse login or password। लोगिन पासवर्ड तो आई डी पासवर्ड के लिए यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है उसके लिए वो जवाबदेही नहीं रहेगी यहाँ पर सिम्पली यहाँ पर यह कहा गया है कैंडिडेट शेल कीप विजिटिंग वेबसाइट रेगुलरली तो आप अपना वेबसाइट को डेली डेली चेक करते रहें ठीक है दोस्तों सभी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन यहाँ पर दी जाएगी तो ये एक बड़ा नोटिस है नोटिस है बड़ी अपडेट है जो कि आप शेयर करने बहुत ज़रूरी थी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें इससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहते हैं तो थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट गुड इवनिंग